लेक्चर में देखा था कि कुमाऊं में की स्थापना हो चुकी है और का संस्थापक कौन है सोमचंद जबकि आपका अगर हम वो देखें कि हर्षदेव जोशी इनको कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं भाई आपका थोवर चंद जो कि वो तेईस वाला था तो बद्रीदत्त पांडे को प्रेफरेंस मांग के चलेंगे यहां पर कि संस्थापक है सोम के बाद हमने देखे कि के सोमचंद करता है एक जोशी के पद एक दीवान के पथ का निर्माण करता है सोमचंद उसके बाद हमने इंद्रचंद रेशम का निर्माण होता है ठीक है झूठ झूठ बोलने की प्रथा का आरंभ हुआ था उसके बाद हमने देखा की वीणा चंद आता है वीणा का का राजा होता होता है है तो उसके समय में आक्रमण और बारह सौ बार नौ के दो अभिलेख गोपेश्वर अभिलेख से हमें अशोक चल के नानकी चंद के समय में आक्रमण का पता चलता है उसके बाद बताया मैंने त्रिलोक चंद ने नैनीताल यानी कि पुराना छकाता तक राज्य का विस्तार किया अभयचंद पहला चंद्र शासक है जहाँ से हमें लिखित अभिलेख मिलने प्रारंभ होते हैं अभय चंद के बाद कौन तो आता है ज्ञान चंद जो कि फिरोज साह तुगलक का क्या है समकालीन है और फिरोज साह तुगलक उसे गरुण की उपाधि देता है ज्ञान चंद ठीक है उसके बाद ज्ञान चंद का ही एक सेनापति था नीलू कठाई जो कटेरों से युद्ध करने में उसकी मदद करता है जहां पर ज्ञान उसको रौद्र भूमि प्रदान करता है और एक उपाधि देता है कुमैया किल्लक तो कुमैया किल्लक की उपाधि किस देता है नील को, को बाद में उसके बालेश्वर मंदिर का निर्माण करेगा भाई देखो उससे प्राचित करने वाला राजा भी कहते हैं तो इसी वजह से अच्छे अच्छे काम करेगा उद्यान चंद उसके बाद फिर विक्रम चंद आता है जो की चंद्रवशन अगला भोकिलासी राजा है इसी का भतीजा होता है भारतीचंद जो कि अभी तक के पहले शासक थे मांडविक राजा पहला ऐसा चंद्र में शासक जो स्वतंत्र शासक होगा जो जोटी राज्य नहीं देखेगा वो दूटी को भी जीतेगा सोर को जीतता है सीरा को जीतता है लगातार सबसे लंबे समय तक कोई अगर चंद्र शासक 12 बारह वर्षोत्तर युद्ध में रहा तो भारतीय चंद्र रहता है इसी वजह से वहां पे कट्टकाली की प्रथा अर्थात बिना शादी के महिलाओं को रखने की प्रथा प्रारंभ होता है जिससे नायक जाति का निर्माण होता है उसका श्रेय भी किसको जाता है क्योंकि रतन चंद के युद्ध में काफी मदद करी थी इसलिए जीत, रतन चंद पहला चंद्र शासक देखिए अब हम रतन चंद जहाँ पिछला वीडियो था रतन चंद पहला ऐसा शासक होगा चंद्र जो भूदिन बंधु बध जो की एक नाली दो नाली जो आप कहते हैं उसकी नपाई का काम कहा से प्रारंभ होगा रतन अगला शासक है आपका कीर्ति अब अब के बारे में थोड़ा सा कुमाऊं का पहला शासक जो गढ़वाल में आक्रमण करेगा उसका नाम था कीर्ति और वो किस पे आक्रमण करेगा अजय पाल का आक्रमण करेगा और अजय पाल इस युद्ध में कीर्ति से हार जाता है और अजयपाल कौन है भैया अजय पाल, पाल पर देखो में नंबर का, का राजा है है मैंने बोला कुमाऊं क्या चल चल रहा रहा से है और गढ़वाल में क्या चल रहा है परमार तो गढ़वाल में जो गढ़वाल का जो नाम है बावन गढ़ों को जीतने के कारण ही उसको गढ़वाल कहा गया और इसका इस गढ़वाल जो नाम को पहली बार रखा है प्रारंभ किया है वो अजयपाल के समय से प्रारंभ बावन गढ़ों को जीता था इसलिए उसका नाम गढ़वाल बढ़ा नंबर का परमार शासक सकता कीर्ति चंद के समकालीन था कीर्ति चंद ने पे क्या किया आक्रमण किया जिसमें अजयपाल हार जाता है दूसरी बार में अजयपाल कीर्ति चंद को हरा देता है बात आई समझे अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहते हैं क्या कहते हैं क्योंकि बाद में इसने क्या ले लिया था युद्धों से संन्यास ले लिया था इसलिए ही अजय को गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं युधिष्ठिर भी कहते हैं और भी बहुत सारे अजय पाल के क्या है नाम है ये हम गढ़वाल का जब इतिहास पढ़ेंगे परमा सा का तो उसमें इसकी बात करेंगे कीर्ति चंद वाला प्रताप ही शासक कीर्ति चंद के लिए इंपोर्टेंट इतना की कीर्ति चंद का युद्ध किस गढ़वाली पहली बार आक्रमण कर रहा है कुमार उत्तराखंड की तात्कालिक स्थिति क्या है कि भीष्म जब राजा बनता है काफी बूढ़ा होता है काफी बूढ़ा है तो उस वक्त मणकोटी का राजा विद्रोह करेगा मणकोटी का राजा इधर से विद्रोह कर रहा है भाई देखो सोर सीरा यहां पे भी हो रहे रहे रहे रहे नीचे नीचे से से से कटे कटे हर हर राजा मतलब कटे हर जो कि मुगलों के समय मुगल थे वो नीचे से क्या कर रहे? कर कर अटैक अटैक इधर और सीरा राजधानी की तरह देखो चंपावत यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्र का राजा बैठा का नाम क्या है उसका नाम हैजन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंद्रह सो पचपन से पंद्रह 1555 से 1560 सौ साठ में चंपावत में बैठा हुआ है अभी ये इतना बूढ़ा है इसका कोई बच्चा भी नहीं है मेरी बात इसका, इसका, ब... इसका, इसका बच्चा कोई नहीं था किसका भीम भीष्म का तो अभी क्या करेगा भीष्म का ये चाचा है या भाई है ताराचंद नाम है उसका क्या नाम है क्या नाम है ताराचंद है तारा चंद कौन है इसी का कौन है भाई है किसका भीष्म का भाई और इसी के पुत्र का नाम है आपका कल्याणचंद इसके पुत्र को गोड़ गोद लेगा कौन लेगा भी अभी राजा बहुत ज्यादा कमजोर है देखो युद्ध में तो जा नहीं सकता भाई जाएगा तो मर जाएगा। राजा होना जरूरी है तो अब क्या करेगा बताओ चंपावत पे इतने सारा अराजकता की स्थिति अटैक हो रही तो भाई मानजा मोदी यहां से अभी राजधानी क्या कर कर लो तो नहीं तो की क्या हो जाएगी मृत्यु हो सकती तो यहाँ से जो आपका भीष्मचंद है एक तो ये चंपा अपनी राजधानी सुरक्षा की दृष्टि से परिवर्तित करूंगा अल्मोड़ा और, और यहाँ पे महल का निर्माण करेगा खगमरा के महल का निर्माण खगमरा के महल का निर्माण किसने करवाया भीष्म पर देखो भाई देखो भी राजधानी ट्रांसफर कर रहा है ताराचंद का पुत्र है बालो कल्याण चंद इसको बोल दे देगा पर राजधानी ट्रांसफर करके जैसे ही वो अल्मोड़ा में महल बनाने का निर्माण शुरू कर दिया खनमरे का किले का निर्माण कर, खर्म... कर दिया वो सोचेगा कि मैं राजधानी क्या करूं ट्रांसफर करूं इसी टाइम में एक खस राजा गज बुडिंगा गज बुडिंगा रात में इसके किले में जाकर इसकी हत्या तो भीष्मचंद की देखो भाई मृत्यु हो गई अभी राजधानी का परिवर्तन नहीं हुआ किसका निर्माण हुआ खगरा तो अगर खगमरा के अब देखो भाई तो जो राजधानी परिवर्तित होगी वो किसके समय में होगी बालू कल्याणचंद तो प्रश्न पूछे कि खगमरा के केले का निर्माण किसने कराया तो भीष्मचंद ने राजधानी परिवर्तित किसके समय इसके पुत्र के समय में जिसका नाम क्या बालो कल्याणचंद जिसको गोद लिया था किसने भीष्मठ में अब बालू कल्याण चंद राजधानी ट्रांसफर हो गई अल्मोड़ा में शिफ्ट हो गए हैं कहां है, कहा पे बालू कल्याण चंद अभी बालू कल्याण चंद के लिए इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से राजधानी परिवर्तन ठीक है का मार देगा राजधानी परिवर्तन होगी अब इसके बाद जो अगला शासक है आपका उसका नाम क्या है उसका नाम है रुद्रचंद क्या नाम है रुद्रचंद बड़ा ही प्रतापी शासक है पंद्रह सौ से पंद्रह सो सतानवे ठीक है इसलिए आपको इतिहास का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है भारत का इतिहास ठीक है तो सबसे पहले यहां पर दिल्ली में किसका दिल्ली में किसका आधिपत्य चल रहा था लोदियों का किसका लोदियो का चल रहा था किसका चल रहा था लोदियों का चल रहा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में युद्ध होता है और बाबर दिल्ली सतन का क्या बन जाता है क्या बन जाता है राजा बन जाता है ठीक है अभी बाबर राजा बन के बैठेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अभी राजा बन गया, गया? ठीक है अभी क्या बन गया राजा बन गया अब राजा जब बन गया कौन बन गया राजा क्या नाम है उसका कौन है राजा बाबर बैठ गया दिल्ली में भाई देखो में पानी दे। रहेगा बाबर बाबर के बाद भाई भाग्य चलता है, भाग के जाता है। उस 15 साल तक शासन किसका रहता है यहाँ पे शेर शाहूरी का किसका रहता है शेरशाह ये 1555 अब देखिए पंद्रह में हुमायूं का बेटा बैठता है अकबर पानीपत का द्वितीय याद होगा आपको पानीपत का द्वितीय और 1605 सो ईस्वी तक रहेगा अकबर का शासन जिसमें हेमू हार जाता है ठीक है 16 अकबर के बाद इसका बेटा कौन आएगा बताओ भाई अकबर के बाद इसका बेटा आता है जहांगीर और जहांगीर बैठता है सोलह से सोलह सो सताइस ईस्वी जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां बैठता है सोलह सो सताइस से आपका बताइए सोलह से सोलह सो और शाहजहां का बेटा आता है फिर औरंगजेब और औरंगजेब बैठेगा आपका सोलह से 1707 ईस्वी मुगल शासन की टाइमलाइन बहुत जरूरी है चंद शासकों की टाइमलाइन मिलाने के लिए और परमार शासकों की क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा देखिए हुमायूं के बाद कौन आ गया अकबर का शासन रहेगा उसके बाद जहांगीरनामा अकबर नामा और शाहनामा में चंदू का चंदू के बारे में जानकारी मिलती है कि चंदू के मुगलों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे होंगे शाहजहां इंपोर्टेंट है क्योंकि शाहजहां का ही बेटा कौन होगा दारा सिको होगा और दारा सिको का बेटा कौन होगा सुलेमान होगा और सुलेमान सिको क्या होगा कि औरंगजेब उसके पीछे अपने सैनिक भेजेगा सुलेमान सिको भागकर आएगा कहां पर कहाक इसके बाद कौन सा परमार शासक आपका पृथ्वीपति शाह ठीक है पृथ्वीपति शाह का बेटा होगा और परमार शासन है मेदिनी शाह फिर मेदनी शाह उसके बच्चे उसको पकड़ लेते हैं औरंगजेब को दे देते हैं वहां पे हम देखेंगे कि भाई पहली बार अगर किसी मुगल शासक पर संरक्षण दिया तो सा, तो इसलिए अब भाई देखो, मैंने कल्याण चंद की कहानी में अभी रुद्र चंद का टाइम कितना पंद्रह सौ अड़सठ से पंद्रह सो सत्तानवे अड़सठ से सतानवे देखो भाई इस वक्त दिल्ली में कौन बैठा है इस वक्त दिल्ली में कौन बैठा है अकबर बैठा है तो प्रश्न पूछेगा रुद्र चंद के समकालीन कौन शासक था तो कौन है भाई देखो अकबर कौन है अकबर अकबर के समकालीन कौन है रुद्र चंद भी है, है? देखिए पर अकबर से तो कभी तो तो नहीं मिला पर रुद्र चंद मिलने जाएगा अकबर से इसने रुद्रचंद के बारे में पूछेंगे कि रुद्र चंद किस के समकालीन है अकबर के लक्ष्मी भी अकबर के समकालीन रहेगा मेरी बात आई इसमें लक्ष्मी भी तो तीन चंद शासक है बालो कल्याण चंद्र भी रहेगा देखिए पंद्रह सौ तिरसा के ईसवी इसी सौ तिरेसा के ईस्वी इसी के बीच अकबर देखे भी समकालीन भी है बालो कल्याण चंद्र के समकालीन भी है रुद्र चंद्र के समकालीन भी है ठीक है और लक्ष्मी चंद्र के समकालीन भी, भी पर इंपोर्टेंट क्या इंपोर्टेंट ये कि भीष्म नहीं गया ना भी चंद मिलने तो नहीं गया अकबर से नहीं बालू कल्याण कौन गया भाई रुद्र चंद गया कौन गया रुद्रचंद किसके समकालीन अकबर के ठीक है तो यहां पे 1556 1605 छप्पन से सो पांच पंद्रह सो अड़सठ तो परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछ सकते हैं कि रुद्रचंद किस शासक के समकालीन रहा है ठीक है अब देखो हुआ कैसे मुलाकात कैसे होती रुद्रचंद के अकबर से हो क्या रहा है कि एक सैनिक है टुकड़िया हुसैन तो खान टुकड़िया हुसैन खान टुकड़िया क्या करेगा पहले अकबर अपने सैनिक भेजेगा तराई भावर में अटैक करने के लिए रुद्रचंद क्या तराई भावर वाले एरिया में तो यहाँ रुद्रचंद जब भेजेगा यहाँ पे तो यहां पे आएगा हुसैन टुकड़िया क्या हुसैन खान टुकड़िया को भेजेगा अकबर भाई जाओ तराई भावर को जीत लो अब हुसैन खान टुकड़िया और रुद्रचंद के बीच में होगा युद्ध मेरी बात आ रही समझे हुसैन का टुकड़िया और रुद्रचंद के बीच में होता है युद्ध इसका नाम टुकड़िया इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ये टुकड़ा कागज का यहां पे अपने पास के था। इसको कहते है। पर से जाते जाते आगरा जाते जाते, जाते इसकी क्या हो जाती है मृत्यु अब जो तराई का रीजन है जो उत्तराखंड में यह तराई वाला रीजन है इस कोई है नहीं अकबर ने दिल्ली वापिस बुला लिया तो ये तराई पे अटैक कर लेगा कौन रुद्रचंद तराई पे काम कर लेगा किसको पता चलेगा अकबर फिर सैनिक भेजेगा भाई जाओ कि रुद्रचंद ने कैसे यहां पे, पे अपना आधिपत्य कर लिया तो रुद्रचंद के पास अब देखो अकबर है अकबर के पास बहुत बड़ी सेना है लगभग बीस हजार पचास हजार की सेना रही होगी बीस की इसके पास ज्यादा सैनिक नहीं रहे होंगे तो रुद्र ने कहा कि भैया लड़ना है तो हम एक फाइल लड़ेंगे एक फाइल क्या होता है जैसा भी अपन लोग लड़ाई कर रहे साथ साथ में तो मैंने बोला भाई हिम्मत है तो अकेले आ, एक साथ अगर तो ऐसा युद्ध सासक सासक आपस में लड़ेगा और इसमें रुद्रचंद हो जाता है विजयी अकबर बड़ा प्रसन्न होता है रुद्रचंद जाता अकबर की बात तो भाई बड़ी तारीफ करता है भाई की तू तो बड़ा वीर है भाई हरा दिया है ना काफी तारीफ करता है उस वक्त रुद्रचंद जब मिलने जाता है टी चाय भी मिलने जाता है किससे अकबर से अभी चाय तो पी, आए, पी नहीं होगी तो तो अकबर उसको नागौर युद्ध में भी जी होता है। तो रुद्रचंद को भेजेगा तो, तो अकबर की मुगलों की युद्ध में सहायता करने वाला पहला शासक कौन हो भाई देखो रुद्रचंद बड़ाई भी बड़ा प्रतापी रहता है ये बड़ी तारीफ कहता है कि भाई तू तो बहुत ही ताकतवर है और इसको कहा युद्ध में भेज देता है नागौर युद्ध में तो यहां पे चंद और मुगलों के बीच में कैसा हो गया एक बहुत बढ़िया तरीके से संबंध बन चुके हैं और रुद्रचंद भाई नागौर युद्ध में गया किसकी सहायता से मुगलों की इसने मदद करी रुद्रचंद ने अकबर का नौरत्न था जिसका नाम बीरबल था क्या नाम था बीरबल और इसका एक नाम क्या पड़ता महेश दास क्या पड़ता है महेश दास इसको रुद्र अपना पुरोहित नियुक्त करता है मेरी बात समझ इसको क्या, तो क्या महेश दास है और इसका वर्णन अकबर और रुद्रचंद का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें अकबरनामा कहा मिलता है अकबरनामा हमें मिलता है कहां पर मिलता है भाई देखो मा में हमें रुद्रचंद और अकबर के बारे में वर्णन और एक प्रश्न होगा मल्ला महल का निर्माण तो मल्ला तो मल्ला महल का निर्माण किसने कराया रुद्रचंद ने करवाया रुद्रचंद के दो बेटे हुए रुद्रचंद के कितने बेटे हुए दो बेटे हुए देखो इधर रुद्र के हुए दो बेटे एक का नाम था शक्ति क्या नाम था बड़े बेटे का नाम शक्ति बेटे का नाम लक्ष्मीचंद समझ में आ रही बात चंदी गुसाई बचपन से अंधा था इसलिए राजा कौन बनेगा लक्ष्मीचंद बनेगा भाई देखो इसलिए राजा कौन बनेगा लक्ष्मीचंद बनेगा और पर ये भगवान की पूजा बहुत करता था कौन शक्ति गुसाई तो ये किसी भी चीज को बिना देख बता देता भाई कितनी डिस्टेंस में तो पहली बार में, में जो जो की प्रणाली मतलब जो कहते हैं ना मुट्ठी की शुरुआत की एक मुट्ठी में कितना क्या होता है वो शक्ति गुस् अठी उतारी भाई देखो कितनी ज्यादा चावल फेंक सकते हैं तो यहाँ से मुठ्ठी की जो मापन प्रणाली उसका कौन करता है शुरुआत शक्ति गुस्साई शक्ति गुस्साई बचपन से अंधा होता है इसी को बोलते हैं कुमाऊ का धतरा तो प्रश्न पूछ सकता है, का धत्राज किसे कहते है कुमाओं तो का राजा और लक्ष्मी चंद भी किसका समकालीन है अकबर का ठीक है अब, अब लक्ष्मी चंद पे देख लेते हैं थोड़ा सा डेट लाइन मैंने बता दी मिला के चलेंगे अभी लक्ष्मी चंद राजा बनेगा यहां पर और लक्ष्मीचंद देखो पहली बार किसने गढ़वाल पर आक्रमण किया बोलो पहली बार किया था किसने कीर्ति चंद ने अजयपाल पर अब लक्ष्मीचंद भी सोचेगा कि मैं कहां पे आक्रमण करूं गढ़वाल पे तो लक्ष्मीचंद भी सोचेगा भी चलो मैं भी क्या करता हूं गढ़वाल पर आक्रमण करता हूं कौन लक्ष्मीचंद ठीक है तो लक्ष्मी जब गढ़वाल पर आक्रमण करेगा तो उस वक्त हम पहले यह देख के चलें कि गढ़वाल में शासक कौन बैठा है देखो यहां बैठा है कुमाऊ में लक्ष्मीचंद गढ़वाल में कौन बैठा है मानसाह कौन बैठा है मानसाह दिल्ली में कौन बैठा है जहांगीर बात आ रही समझ में गढ़वाल में कौन बैठा भाई देखो मानसा बैठा है लक्ष्मीचंद कुमाऊं में और दिल्ली में कौन बैठा है जहांगीर तो लक्ष्मीचंद करेगा मानसाह पर आक्रमण क्या करेगा इसका एक सेनापति है जिसका नाम है खतरुआ सिंह क्या नाम है खतरुआ सिंह तो लक्ष्मीचंद सात बार आक्रमण करता है हार जाता है गरवाल के राजा किससे? इसका सेनापति है खतरुआ सिंह मानसाह से हार जाता है सात बार और जैसी भागता यह छुप जाता है वापिस जाके तो इसका एक उपनाम बन गया इसका क्या एक उपनाम रख दिया लघु बिल्ली होती ना छुप जाती है इसको क्या बोलने लगे गया वहां के लोग भाई तू सात बार तुझे नहीं आ रही और इसका नाम क्या रख दिया लखु बिराली और जहां जिस किले के में छुपता था उसका उस किले का नाम रखा श्याल गुंगा क्या रखा श्याल गंगा तो इसका नाम भैया लखू बिराली और जहां जिस किले में छुपता था उसको क्या बोल दिया श्याल सात बार आकर मड़की लक्ष्मी ने मान पर यह हार गया आठवीं बार फिर अटैक करता है और इस बार खतुरा सिंह से इसकी युद्ध और इस बार लक्ष्मीचंद सेनापति खतुरा सिंह की कर देता हत्या और विजय हो जाता है तो सात साल भैया कोई दीपावली कुमाऊं में मना नहीं सकता क्योंकि लक्ष्मीचंद तो गर्दन कटवा देगा तो आज भी बार जब विजय उत्सव मनाते हैं खतरुआ तब से कुमाऊं रीजन में खतरवी का मनाया जाता है कुमाऊं के राजा की गढ़वाल के राजा पर विजय के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता था कि लक्ष्मी किसके समकालीन है उस वक्त गढ़वाल का शासक कौन है ठीक है अब देखो भाई लक्ष्मीचंद के हुए 22 बेटे कितने? लक्ष्मीचंद के कितने बेटे हुए भाई? 22 बेटे हुए लक्ष्मीचंद के कितने बेटे हुए 22 22 बच्चे हुए इसके 22 बेटे पर हम 22 के 22 की तो बात करेंगे नहीं जो इंपोर्टेंट पेपर की दृष्टि से उसके बारे में बात करेंगे तो देखो लक्ष्मी के चार बेटे देख के चलते एक है दिलीप तिरमलल चंद एक है नारायणचंद, ठीक है तो कौन कौन सा हो गया दिलीपचंद, चंद त्रिमल चंद और नीला गुसाई क्या नीला गुसाई ये चार बेटे के ऊपर टेते हैं देखो कोई राजा लक्ष्मीचंद के बाद जो अगला शासक बनेगा 1621 से 1624 अगला राजा बनता है आपका दिलीप चंद सोलह सौ इक्कीस से चौबीस ठीक है अब दिलीप चंद क्यों इंपोर्टेंट है किससे मृत्यु हो गई, गई? टीबी यह भी होगा है ना तो इसकी मृत्यु किससे हो गई टीबी से किसकी दिलीप चंद तो टीबी से किसकी मृत्यु हुई थी कौन सा चंद्रशासक था आपका दिलीप चंद तो सोलह सौ इक्कीस से सोलह सो चौबीस से रहता है दिलीप चंद जो है उसकी टीवी से मृत्यु हो जाती है अब क्या होगा जैसे ही इसकी मृत्यु होती है ठीक है तो यहां पे जो उपरेती है कौन उपरेती और आपके पंत ये कर देते हैं विद्रोह तो भाई उपरेती और पंत कर देते हैं विद्रोह तो त्रिमल चंद अभी अराजकता की स्थिति हो गई है दिलीप चंद की हो गई मृत्यु तो त्रिमल चंद भाग कर जाता है अपनी रक्षा के लिए भाग कर जाता है कहा जाएगा किसके पास जाएगा परमार शासक तो किस परमार शासक के पास जाकर कुमाऊं का कौन सा राजा किस परमार शासक के पास जाकर संरक्षण लिया क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो उसका नाम है श्याम शाह क्या तो तिरमल चंदको संरक्षण दिलीप चंद की मृत्यु होगी अराधकता काल आ गया उपरे और पंथों में विद्रोह कर दिया त्रिमल चंद अपनी ज्ञान बचा के भागता परमार शासक तो श्याम शाह ऐसा परमार शासक है जो कि चंद्र शासक को क्या देता है अपने आप संरक्षण देता है ठीक है श्याम शाह के बाद uh, उसका, उसका बेटा हम देखेंगे सॉरी उसका चाचा महिपतिशाह मेदिनी शाह और फतेशाह यहाँ पे प्रभात आता है श्याम शाह को क्या देता है अपना संरक्षण देता है नारायण चंद क्या करता है नेपाल भाग जाता है नारायण चंद किधर चला गया भैया नेपाल चला गया और ये जो नीला दुसाई है इसी के बेटे का नाम है इसी के बेटे का नाम है बाज बहादुर चंद क्या नाम है बाज बहादुर इसका नाम बाजू था क्या नाम था बाजू था इसको बहादुर या जमीदार या की उपाधि दी गई थी बात ध्यान समझना दिलीप चंद टीबी से मर गया तिरमल चंद परमागर श्यामशाह के पास चला गया नारायण चंद नेपाल भाग गया और जो नीला गुसाई है इसी के बेटे का नाम है बाज बहादुर चंद इसको प्यार से बाजू कहा जाता था ठीक है अब हुआ क्या बाज बहादुर चंद को एक ब्राह्मणी ने गोद ले लिया था क्या ले लिया था गोद ले लिया था ठीक है गोद ले लिया था अब देखिये आगे कहानी देखते हैं बाज बहादुर चंद लक्ष्मी टॉपिक क्लियर अगला जो आपका राजा रहेगा वो रहेगा बाज बहादुर इसका नाम होता है बाजो इसको प्यार से बोला जाता है बाज बहादुर और हम देखते हैं इसका अगर समय सौ अड़तीस से सोलह सौ ठीक है इसको प्यार से बाजो बोलते हैं, इसको बहादुर की उपाधि बहादुर मतलब जमींदार की उपाधि दी जाती है ठीक है कौन हम देखते हैं इसके सामने इसके समय में अगर हम देखें कुमाऊ में कौन है बाज बहादुर चंद गढ़ में कौन होगा और दिल्ली में कौन है? तो समय काल देखिए कितना है सोलह से सोलह 1605 में कौन गया अकबर 1605 से 1627 कौन था अकबर के बाद जहांगीर 1627 के बाद अगर हम देखते हैं तो कौन आएगा शाहजहां कौन आएगा शाहजहा समझ के चलना मेरी में तो बाग बहादुर चंद किसके समकालीन है साजा के समकालीन है अभी गढ़वाल में कौन शासक होगा देखो भाई के पे गढ़वाल में शासक कौन होगा श्यामशाह और ठीक मानसाह फतेहपतिशाह और फते फतेह पतिशाह फतेह शाह और उसका बेटा पृथ्वी पति शाह तो फतेह शाह और पृथ्वीपति शाह किसके समकालीन है भाई देखो बाज बहादुर चंद दिल्ली में कौन बैठा है देखो तो का समकालीन कौन है बाज बहादुर चंद है उसके बाद पृथ्वी पृथ्वीपति शाह के भी समकालीन कौन रहता है बाज बहादुर चंद और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है साजा बैठा हुआ है ठीक है और शाहजहा इसको बहादुर की उपाधि देता है शाह जहां इसको किसको शाहजहां किसकी उपाधि देता है तो और इसे बोलते हैं भाई कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार तो बहादुर की उपाधि कौन देता है शाहजहा देता है ठीक है अब यहाँ थोड़ी सी कहानी हम और देख लेते मैंने बात करी थी फतेह शाह की फतेह शाह को अखर राजा भी बोला जाता है क्या बोला जाता है अखर राजा जब शाहजहा का राज हो रहा था सभी राजा को बुलाता है इसमें बाज बहादुर चंद भी जाता है देखो भाई इसको बहादुर की उपाधि नहीं, नहीं जाएगा इसलिए गढ़वाल में इसलिए इस को राइटर उत्तराखंड के राजा भी बोलते बोलते को क्या बोलते राजा। और इसी का बेटा होगा पृथ्वी फतेशा इसी की वाइफ का नाम है क्या तो हमने देखा क्या बाज बहादुर चंद ठीक है बाज बहादुर चंद को साजा बहादुर की उपाधि देगा तो जो मैं मैंने बोला अखर राजा अखर राजा कौन होगा जो आपका महीपति शाह होगा कौन होगा महीपति शाह क्योंकि सब राज सिंहासन पे जाएंगे सारे राजा केवल महीपति शाह नहीं जाएगा इस देश को राइटर उन्होंने क्या बोला अखर राजा और महीपति शाह का ही बेटा होगा पृथ्वीपति शाह पृथ्वीपति शाह का बेटा होगा मेदिनी शाह और मेदिनी शाह का बेटा होगा आपका फतेह शाह जिनका युद्ध होगा भंगाड़ी का के ठीक है? है तो को तो तो महिपति महिपति बोलते हैं भाई जाएगा इसका दुश्मन हो गया किसका इसी की पत्नी का नाम है करनावती। जिसे का कहते उत्तराखंड के गरवाल की ताराबाई बोलते हैं दुर्गावती बोलते हैं वो किसकी समीक्षिका बनेगी पृथ्वीपति सागी कौन करणावती और साजा चिड़ा होगा महिला की जब मृत्यु करेगा क्यों इम्पोर्टेंट है क्यूँकी इसी के समय में इसके समय में पृथ्वीपति शाह के समय में, समय में ही सुलेमान सिको आएगा जिसकी रक्षा पृथ्वीपति शाह करेगा पर मेदी शाह इसका ही पुत्र धोखा दे देगा और उसको सुलेमान सिखो को और एक के हाथ भिजवा देगा जहां उसकी मृत्यु हो जाएगी बाद में ये राजा नहीं बनेगा सीधे कौन इसका पोता राजा बनेगा? क्या नाम उसका पते ठीक है तो हम आगे देखते हैं तो हम किसकी बात करें? अब जैसे चंद ने ही कौन सा नगर बसाया रुद्रपुर बसाया ऐसे ही बाज बहादुर चंद ने बाजपुर जो है बाजपुर शहर का निर्माण किया किसने बाज बहादुर चंद ठीक है अब बाज बहादुर चंद की बात करते हैं मैंने बोला शाहजाने से किसकी उपाधि दी है कुमाऊ के जमीदार की कुमाऊ का सबसे बड़ा जमीदार ठीक है अब हम आगे देखते हैं बाज बहादुर चंद शाहजहां शाहजहां के बाद आपका उसका बेटा है औरंगजेब कौन है औरंगजेब कौन है औरंगजेब अब देखो होता है क्या भाई कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है मैंने बोला कि जो आपका शाहजहां है उसके दो पुत्र हैं वैसे तो चार पुत्र हैं शाहजा मुरादारा सिको दारा सिको औरंगजेब और कौन बो है शाह और मुराद पर हम देखेंगे यहां पे कि जो दारा सिको है ठीक है औरंगजेब और दारा सिखो के बीच में कौन सा युद्ध शामूगढ़ का युद्ध होगा पंद शामूगढ़ का युद्ध होगा सोलह सौ में और देवराई का युद्ध होगा जिसमें औरंगजेब दारा सिखो को मार देगा और दारा सिखो का जो पुत्र होगा उसका नाम होगा सुलेमान सिको क्या नाम होगा सुलेमान सिको और यही सुलेमान सिको भाग कर पृथ्वीपति शाह के पास संरक्षण लेगा तो यहां पर आप देखोगे की पहले जो महीपति शाह है आपका उसके समय में मुगलों से संबंध अच्छे नहीं है पर पे प्रतिपतिशाह के समय में मुगलों के साथ संबंध अच्छे हम देखने को मिलते हैं सुलेमान जी को कौन, और कौन और और औरंगजेबेब औरंग और पहला ऐसा चंद्रशासक जो औरंगजेब से प्रभावित होके कुमाऊ का पहला चंद्रशासक जो कुमाऊ में जजिया कर लगाएगा उसका नाम है पहली बार जजिया कर रहा है और एक कर और लगाता है कर जो तिब्बत में जो हिंदुओं के तो तो तो औरंगजेब से काफी प्रभावित रहता है ठीक है कौन बाज बहादुर चंद इसलिए ये यहाँ पे जजिया कर लगाएगा पहला चंद्रशासन जो कुमाओं में जजिया कर लगाएगा दूसरा ये सिरती कर लगाएगा किस पर तिब्बत के व्यापारियों पर किस पे तिब्बत के व्यापारियों बहादुर चंद राजा था चंद शासन में कौन सा पचास शासक है चंद्रंश में और इसको बोला जाता है उत्तराखंड कुमाऊ का बलबन तो भाई प्रश्न पूछ लेगा कुमाऊ का बलबन किसे कहते हैं तो किसको कहते हैं बाज बहादुर को क्यों बलबन की भी आपने देखा होगा लोहा रक्त की नीति निरंकुश राजा था ऐसी चंद्र भी क्या निरंकुश इसकी जैसे इसलिए ही इतिहासकारों ने कुमाऊं के इसको क्या किया है कुमाऊं का शहर का बसाया कौन सा शहर बसाया बाजपुर इसी शासक को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहते हैं किसकोहादुर अगर प्रश्न पूछ ले बूढ़ा अत्याचारी शासक किसे कहते हैं तो किसको कहते हैं बाज चंद्र को कहते हैं, कहते हैं, बारे, बारे इसकी इसकी है। औरजेब और अपना एक एंबेर राजदूत कहा नियुक्त करेगा बाज देखने के लिए ए, बाज बहादुर किसको संरक्षण नहीं दे रहा है सुलेमान सिंह को पर सुमान सिंह को संरक्षण कौन देगा पृथ्वी पति साहब बात तो यहाँ पे हमने और सबसे खास बात इन्होंने बहादुर ने कई सारे पदों का भी क्या किया निर्माण किया जैसे फुलेरिया जो फूल लाने का काम करते थे जो राजा को तो ओलावृष्टि की सूचना देते थे पनेरू जो पान, पानी लेने का काम करते थे ठीक है इसी वजह से कई सारे इसने और भी पदों का क्या किया सज्जन किया इसके बाद हम बात करेंगे उद्योग की ठीक है इसके बाद हम कौन सा शासक की बात करेंगे उद्योग चंद करेंगे आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं थैंक यू